अंदर बाबा जी का को टूंग और जो सामने से वरना चल जाएगी फिर बोलोगे मुझे भाई मेरे दादा ने चलाई थी क्या मेरे बाप ने चलाई थी क्या मुझे चला मिलेगा? अंदर देखो क्या है कुछ <laughs> भी नहीं है अंदर अंदर बाबा जी का खुल और <laughs> जो सामने से वरना चल जाएगी सर बोलो मुझे भाई आप कैसे कलर से करना चाहते थे ये बेड़ी सुगा देते हैं शायद इसको चलाने के लिए पांच बंदे लगते थे और आ, पैसे नहीं होते थे सर आप इतनी कल वो नहीं करते हैं आ, जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो हम थोड़ी मोटी चीज़ें आपसे हैं पता नहीं चलता है लोगों को ताबा जगह सर इसके बारे में बताएंगे कुछ हाँ इसके बारे में बताऊंगा ये तवा है जिसको हम रोटी बनाने के लिए यूज करते थे डिजाइन वाली रोटी यहीं पर ही है सीखी जाती थी जो सर ये बताएंगे किसने मच्छी मारने के लिए हाँ सही बोला है और बड़े लम्बे लंबे और ये स्कूटरी चलाने की और वो बाइक चलाने के हाँ, लिए बुलेट वाला चाहिए बुलेट वाला और यहाँ तो पे आपको साथ सब्जी काटने का सामान इससे साथ सब्जी काटा जा सर पालक कट जाएगा हाँ पालक भी और बैंगन तो मूली अच्छी तरीके से करते हैं और आ, अगर तरबूज हो तो कीड़ा हो और आज कल तो मौसम भी चल रहा है तरबूज कीड़े का तो ये है सलाद के लिए कीड़ा अंदर रखा जाता जाए बिल्कुल सर आइए और भी सर कितनी नॉलेज रखते नहीं नॉलेज चलिए सर वो चलते आइए चलिए ऑफ़ क्या ये ये चीज़ें होता है कि अगर आपको उल्टा तीर लेना होता है तो हम यही लेते हैं सर ऐसा लगता है जैसे अंदर डाल के खोल दो और क्या? होता है ये उल्टा कर रहे हैं क्योंकि हम उल्टा पैदा हुए थे तो उल्टा ही चलना पड़ेगा सर ये किस लिए है ये कटोरे के लिए है ये जैसे कि अगर आपको पैसे ना हो आपके पास तो कुछ मजदूरी तो कर नहीं सकते तो हम इन सब चीज़ों का यूज़ करके जो है पैसे के जुगाड़ करते हैं क्योंकि के मतलब लगता है सर किसी ने बैठाया होगा इस पर ये नहीं ये एक बार मैं चोरी कर रहा था तो थोड़ा सा टेरा हो गया था ये कबाड़ बेचा आ बंदूकें दिखाता हूँ आपको सर तलवार बोलो यार नहीं ये तलवार नहीं होती है ये चाकू होते हैं इसको तो हम चाकू होते हैं केक काटने के काम आती है हाँ ये केक काटने के काम आती है वो भी सौ रुपये वाला चलो ना सर इधर चलो करते हैं सर ये होता नूडल्स नूडल्स होता होता है और होता है और और मिनट में दोगी तैयार होती है तो हम है। ये ये ये ये वाले का करके खाने करते हैं। ऊपर ऊपर वाला वाला क्या काम करता है? कुछ नहीं है वो बस थोड़ा तो जब कभी रामायण होती है तो हम ले जाते हैं इसको। ये ना, नाइटी सूट दिखा तो है नहीं? नहीं, चार पाँच एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ तो सर ये आपके नहीं।, नहीं नहीं नहीं पुलिस वाले रिटायर हो जाते हैं ना तो उन्हीं की बंदूकें यहाँ की हुई है सर पानी क्यों कह रहे ये पानी चल बस